बसमिल रुमान अकैडमी डॉट काम की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाज़र हूँ इन शीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग छोटे छोटे स्किल से किस तरह हर महीने हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं जी हाँ बिल्कुल एक आम सी स्किल हैं छोटी छोटी स्किलें जैसा कि कापी पेस्ट का काम हो गया बैकग्राउंड रिमूव का काम हो गया डेट इंट्री का हो गया ऐसी बहुत सी छोटी छोटी स्किलें हैं जैसा कि किसी वीडियो का म्यूज़िक चेंज करना हो अगर आपके पास कोई एक भी स्किल है छोटी सी किसी किस्म की स्किल है आपको किसी जबान में महारत हासिल है आप फाइवर पे आए और अपनी स्किल को पेश करें आप यहाँ से हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं क्योंकि लोग कमा रहे हैं जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ बैकग्राउंड रिमूव फ्रॉम इमेज यह छोटा सा ये काम है इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है या मैं कुछ ओपन कर लेता हूँ कुछ साइट सिंपली सिंपली कुछ एक और ओपन कर लेता हूँ ये कर लेती हूँ सबसे पहला ओपन करते हैं कि ये भाई सब क्या कहते हैं इनके पास एक ऑर्डर क्यू में है और 260 ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुका है और ये एक टू बारह इमेज का ले रहा है आठ सौ कहत्तर ले रहा है ये बंदा और इसका डिलीवरी टाइम है वन डे का सैकंड पे चलते हैं इसके बाद कोई भी आर्डर क्यू में नहीं है और ये डेढ़ सौ ऑर्डर कम्प्लीट कर चुका है वो लेवल सेलर टू का है और इसका रेशियो फाइव पॉइंट ज़ीरो है और ये भाई साहब इसके पास एक आर्डर क्यू में है तीन सौ पचानवे ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुका है उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं इस भाई के पास भी ये एक आर्डर क्यू में है और इक्यावन आर्डर ये कंप्लीट कर चुका है ठीक है ये इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है मैं आप लोगों को मुकम्मल दिखाऊंगा और सिखाऊंगा भी कि किस तरह आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं जी हाँ बिल्कुल ये लास्ट एक रह गया इसके पास कोई भी आर्डर क्यू में नहीं है और दो सौ अड़तालीस आर्डर कर चुकी है ठीक है हमारे पास एक वेबसाइट है बैकग्राउंड रिमूव ऑनलाइन उस पर पहले ही वेबसाइट है इसको ओपन कर लें इस पर आसानी से आप बैकग्राउंड किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं जी हाँ है, बिल्कुल यहाँ अपलोड इमेज लिखा हुआ इस पर क्लिक करें ये ऑटोमेटिकली आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आपके पास इमेज हो या अपने जिस साइड पे जिस जगह पे तस्वीर रखी हो उस पर क्लिक करें और ओपन पे क्लिक कर दें यह आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली रिमूव बैकग्राउंड कर दिया है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसके बाद आप इसको आसानी से यहाँ डाउनलोड कर लें ये डाउनलोड हो जाएगा ईम इस तरह आप भी ये छोटे-छोटे स्किलें सीख सकते हैं और इस पे अपना और फेवर पर अपनी स्किल पेश करके हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं आसानी से कमा सकते हैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें